लोग आए हुए हैं है, सबको मेरे तरफ से अमेकुम नमस्कार सत श्री मैं अपना परिचय दूं मेरा नाम मेहूनिशाह है और मैं दिल्ली शाहीन बाग से हूं शाहीन बाग में मैं दादी से जाना जाती हूं और मैं किसान आंदोलन सिंधु बॉर्डर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से मैं लगातार वहां पे किसानों के साथ लड़ चुकी हूँ अभी जो थोड़ी देर पहले बोला गया है कि किसानों पे हमला हुआ है उस वक्त मैं मौजूद थी हम हाँ पे हमला हुआ तो बीबीओ पे और आज इस हॉल पे जो प्रोग्राम जो समाह जो दिए गए हैं भारत बचाओ तो यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं और मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया है मैं सबको मैं अपने तरफ से अभिनंदन करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया गया मेरी सबसे पहले जो सवाल है जो पॉइंट है सी एन आर सी के ऊपर क्या आज हम जिस मकसद जिस लड़ाई के साथ हम लड़े हैं क्या उसमें हमें कामयाब मिला है या नहीं हमने जो लड़ाई शुरू किया था यह हमारी लड़ाई थी हमारे बच्चों पे जब हमला हुआ था जैनियों में जामियों में जब ये बच्चे जब इस सीए के ऊपर लड़ना चाहा जब ये आवाज को उठाना चाहा तो उनको दबाने की कोशिश किया है किस तरीके से हमला हुआ है? वो आप सबों को मालूम है कि हॉस्टेल के अंदर उसके हमारे बच्चों पे हमला हुआ है दिल्ली में जितने भी हॉस्टेल में बाहर से आए हुए बच्चों पे हमला हुआ है उसके बाद ही हम सड़कों पे निकले हैं हम माये कि हमें ये जरूरी है और इस सीए के ऊपर सबसे पहले आसाम से शुरू हुआ था तब हमें लग रहा था कि ये दिल्ली तक नहीं आएंगे लेकिन ये दिल्ली नहीं पूरे भारत में होना है और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है ये दलितों का भी है आदिवासी है इसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए है मेरे ख्याल से जो अमीर है जो पूंजीपाती है वो पूंजीपातियों को लेकर हमारे मोदी सरकार स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। अगर हमारे देश में 135 करोड़ आबादी है, तो उसमें उसमें से से मुझे लगते हैं आधे आधे लोगों को ये भारत के अधिकार छीन लेंगे इसमें मैं भी हूँ इसमें आप भी हैं, आप भी है सब शामिल है मिडिल क्लासों को ये दिखाएंगे कि हम भारतीय नहीं है हम रिफ्यूजी है लेकिन ऐसा होने नहीं नहीं देंगे और इसके लिए हम हम हम सबको आगे आना पड़ेगा। जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे हम थे थे। सिर्फ महिलाएं इसमें पुरुष पुरुष आए लेकिन आज इस हॉल में मैं देखती हूं कि ज़्यादा है महिलाएं कम है क्यों? महिलाएं आज यहाँ पे कम क्यों है तो मुझे उन पुरुष उन साथी करना नहीं चाहिए क्या यह दोबारा नहीं आएगा लेकिन ये होगा। दो होगा 2024 में अभी भी मेन जो जो वोटिंग वोटिंग है है है बैंक वो 2024 में में होना है। उसमें आप सब की हर घर एक से एक नागरिक को वोटिंग से आउट किए दिए जाएंगे और ये आपके घर के दरवाजे के क्या आगे आएंगे क्या मैं सही बोल रही हूँ गलत क्योंकि अगर हम वोट बैंक हैं, हम लोग लोकतंत्र है और हमारी से चुने जाते हैं नेता तो मोदी सरकार चाहेंगे कि हम इसमें से आउट हो और जो जिनको वोट देने के अधिकार है वो होंगे प्राइवेट प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नौकर प्राइवेट लड़ने का और हम इस पर रखते हैं मुसलमान कमजोर नहीं है वो मोदी का एक है आप लोगों को इस रास्ते से भटकाने की तो मैं कहता हूँ आप लोग सीए के तो ऊपर गर्व करें और इसके लिए हमें इस 2024 से पहले हमें लड़ना चाहिए अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किसान आंदोलन में जैसे हमें तीन काले कानून वापस लिए हैं तो इसको भी हमें लेने के लिए हमें एक साल छः महीना इसी रोड पे इसी जमीन पे बैठ के हमें सीओ को बिल को वापस करवाना है कभी मुमकिन होगा क्या आप इसके लिए राजी है या नहीं राजी है क्योंकि इस दो दिन के कॉन्फ्रेंस ऐसी हमें आज़ादी नहीं मिलेंगे दो दिन आपने व्यक्त जाहिर कर रहे है। इसमें आजादी नहीं मिलते आजादी के लिए हमें कुर्बानी है और हमें गोली भी खानी है हमें आतंकवादी बोल रहा है हमें खालिस्तान मांग रहे है हमें मंजूर है लेकिन हम अपने हाथ लेते हैं। गा चाहे दलित चाहे आदिवासी सबको आना पड़ेगा ब्राह्मण को छोड़ के मेरा राज किया उसके बाद किया है अब आम आदमी है तो हमें इस किसानों की एमएसपी का काम मिलेगा अगर हम कहते हमारे देश तरक्की कर रहे हैं इस बात से तरक्की कर रहे हैं गुंडागर्दी आतंकवादी आज महिला अपने घर अपने सोने अपने कपड़े को चुनते हैं मैं तो इससे ज्यादा हमें चुनना है हमारे बच्चों की भविष्य अगर हम 2024 को इस हिटलर को नहीं उतारा कुर्सी से तो यकीन हम बहुत बर्बादी के रास्ते को चुनेंगे तो मैं ये फिर से कहना चाहती हूँ कि हमारे ये दो दिन का जो हो कॉन्फ्रेंस ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इससे हमें आजादी मिलेगा हमें मिलेगी जब हम उस सेंटर संसद को जब हम घेरेंगे और वही डट कर बैठ जाएंगे तभी तो हो सकता है हम दो हजार चौबीस में जितने भी हमारी माने हैं उससे हमें आजादी मिलेगी क्या मेरे सहमत है तो मैं कहता हूं हर घर में एक रिटायरमेंट जरूर है मेरे जैसे सत्तर अस्सी साल गई उनको आगे कीजिए वो धरना दे और छोटे बच्चे जो पांच साल हो तीन साल हो उसका भी अधिकार है अपने हाथ के लिए इसलिए हम यही तक समाप्त करते हैं आप लोग इस पर गौर कीजिएगा जितना भी है। वो घर से निकले और और आपके आजादी के लिए लड़े और हमारे हमारे पीछे सपोर्ट करे। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती क्लब जिंदाबाद इन क्लब जिंदाबाद क्लब क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद